थ्योरी होती है इनको लगता है कि खूबसूरत लड़की को पार्किंग करना ही नहीं आता अब तुम ही बताओ आगे एक फ्रंट शीशा लगाया हुआ है दो बाजू में साइड्स में शीशे लगाए हुए हैं। तो मैं अपना चेहरा देखू तो पार्किंग देखू <laughs> तो सब्सक्राइब करो वो वो जो लाल वाला बटन है फूट के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए वो ना एक आती है और छोटा सा डिब्बे चली जाती है पता ना हो तो बोला ना करें देखो ऐसा है, कि बच्चे पैदा करने के लिए किस करना वो भी लिप्स भी। उस दिन एक्चुअली राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया एम आई सिली के पहले मुझे कुछ नहीं करना इस बार ठीक है पर अगली बार न्यूज प्रोटेक्शन खत्म बाय बाय भैया बूक्स बड़ा करने की कोई दवा है आपके पास देखो मैडम एक को एक उतार लियो पांच और पांच दस तो हमने लिख दिया यहां यहां अब इनमें से मैडम ले लियो लियो हमने तो अभी उतार लियो, वाई की वैल्यू उतार यहां तो वाई पांच पांच गए तो जीरो और चार को चार आई लव यू मैडम का दे दो? हाँ। अब तुम जादू देखो सामने कौन से पैसे यही नहीं अभी और सुनिए कान से सुनियो पैसे चाहिए ना कहा पानी का मैं बोतल में तेरी गाड़ मारूंगा होटल में मैं यस सर yes, अभी जैसा कि सरकार कह रही है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है बाहर मत आइए घर से बाहर मत निकलिए सेफ रहिए। तो अभी क्या तुम लोग का क्या विचार है इसके ऊपर सरकार अपना चुनाव खाती रैलिंग निकाल रहा है इसमें भीड़ भड़ा का लग रहा हम लोग पेपर बेच रहे हैं तो बोल रहा घर में रहने के लिए इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको अरे भोसड़ी के मेरा चैनल बंद करवा देगा तुम जाओ उधर कुछ नहीं बोला बेटा बहुत बढ़िया मुंगा कौ लगे जनरल अभी इतना ही तुमको मंदिर लगता है तो एक काम करो तुम अपना फ्लैट और दुकान बेचकर बचाव में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते क्या गांव में कर्जा कम लगता है नहीं बराबर बोल रहा है बराबर तो एक काम करो आप भी मेरे साथ बचाव चलो रहा बचाव क्यों आएगा तो खेती बाड़ी में बैल की जरूरत पड़ेगी ना भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है